जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए हम तो है दीवान है तेरे तेरा होना चाहे दिखा में दिखाए सड़क हर नाम मेरा करके इशारा ओ, कर ओ <ediyorum> आंख मारे आँख मारे तो लड़की आंख मारे आँख मारे तो लड़की आंख मारे <więksimasen> किसी को